फ्रेंड्स स्वागत है आपका मेरे चैनल श्री रेसिपीज में और आज हम बनाने वाले हैं क्रिस्पी एंड टेस्टी ब्रेड रोल्स। ये बाहर से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट और मॉइस्ट है और इसके लिए लगने वाले इंग्रेडिएंट्स आसानी से अवेलेबल होते हैं तो चलिए देखते हैं इस रेसिपी के लिए हमें कौन से इंग्रीडियंट्स लगने वाले हैं चलिए शुरू करते हैं मैंने यहाँ पैन में एक टेबलस्पून ऑयल डाला है और ये गरम होते ही इसमें डाल देंगे क्यूमिन कि जीरा। और जैसे जीरा फटने लगे इसमें डाल देंगे दो हरी मिर्च बारीक कटी हुई अब इसमें डाल देंगे दो से तीन चॉप्ड लहसुन की कलिया और साथ ही डाल देंगे चॉप्ड अनियंस ये मैंने थोड़े फाइन चॉप कर लिए हैं ये मैंने एक अनियन लिया था यहाँ पर और इसे अच्छे से कुक कर लेंगे अब इसमें डाल देंगे वन टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर थोड़ा सा धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर और अब इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब इसमें डाल देंगे चार बॉईल किए हुए पोटेटो जिन्हें मैं हाथों से ही मैश करके डाल रही हूँ अब इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा ड्राई मैंगो पाउडर यानी कि आमचूर पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला ये ऑप्शनल है आप अवॉइड भी कर सकते हैं अब इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसमें डाल देंगे स्वाद नमक और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे नमक हमें लास्ट में ही डालना है नहीं तो इसे पानी छूटने लगेगा अब इसमें डाल देंगे कोरिएंडर लीव्स कि धनिया आप कोशिश करके फ्रेश धनिया ही डालिए। अब इसको ट्रांसफर कर लेंगे लेंगे। बाउल में और इसके हाथों से ही छोटे-छोटे बॉल्स बना देखिए मैं ऐसे थोड़े ओवल शेप की बना रही हूं आप इसे राउंडल भी बना सकते हैं ऐसे ही सारे बॉल्स बना लेंगे और यहाँ पर मैंने ब्रेड्स ली है इसके हम कॉर्नर यानी साइड्स निकाल लेंगे मैंने यहाँ एक प्लेट में पानी लिया है इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हमारी ब्रेड स्लाइसेस इस पानी में डिप कर लेंगे बहुत ज़्यादा डिप नहीं करना है और इस पानी को हम अपने हाथों से निकाल लेंगे देखिए मैं किस प्रकार से कर रही हूं इस ब्रेड स्लाइस पर जो हमने पहले ही बॉल्स बना लिए थे वो रखकर रोल कर लेंगे और इसे अच्छे से सील कर लेंगे ताकि ये तेल में जाकर खुले नहीं कोई साइड्स अगर रह जाते हैं तो कोई बात नहीं है ऐसे ही हम सारे ब्रेड्स को डिप करके उनका पानी निकालकर उनमें बॉल्स रखते जाएंगे और ऐसे ही हम सारे रोल बना लेंगे ये देखिए हमारे बॉल्स रेडी हैं। आप देख सकते हैं कितने अच्छे दिख रहे हैं अब यहाँ पर मैंने तेल गर्म कर लिया है देखिए मैंने तेल को चेक कर लिया है ये अच्छे से गर्म हो चुका है अब हम हमारे ब्रेड रोस इसमें डाल देंगे और इन्हें फ्राई कर लेंगे इन्हें फ्राई होने में बहुत ज्यादा देर नहीं लगती है ये दो से तीन मिनट में फ्राई हो जाते हैं इन्हें लो मीडियम फ्लेम पर गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे ये देखिए ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं अब हम इनको प्लेट्स में निकाल लेंगे देखिए अब हम सारे बैचेस इसी तरफ फ्राई कर लेंगे ये देखिए हमारे ब्रेड रोस बनकर तैयार है आज मैं इसे हरी चटनी के साथ सर्व कर रही हूँ चटनी की रेसिपी की लिंक ऊपर आ रहे कार्ड पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है